हेलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं वैसे थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो है वो किस टॉपिक पर है आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ब्यूटेबल पेंड्राइव बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो वीडियो सिर्फ मैकबुक प्रो के लिए रहेगा मैकबुक परो के अंदर जैसे महावे शीरा हाईशीरा जो सॉफ्टवेयर है वो आप डालना चाहते हो जैसे विंडोज़ के अंदर विंडोज़ करेक्ट हो जाता है या विंडो उड़ जाता है उस समय के अंदर हम लोग उसके अंदर विंडो है वो अपग्रेड करते हैं या विंडो चढ़ाते हैं वैसे ही आ, अपने एप्पल के लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके अंदर भी उनका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट हो जाता है या उड़ जाता है या हम लोग एस अपग्रेड करते हैं उस समय हम लोग हाईसिरा मुहावे या ये सब सारे जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर कैसे डालेंगे वो सारा का सारा मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वो बताने वाला हूँ तो सिंपली आपको एक पेनड्राइव चाहिए जिसको हम लोग क्या है ब्यूटेबल बना सकें जिससे क्या आपने मैकबुक में जैसे मैंने एक मैकबुक ले रखा है आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर तो आप देख रहे हो कि मैकबुक शीरा वर्जन दे रखा है ये वाला वर्जन आप गूगल पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो वरना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी है वो आप डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि हम लोग एक पेन ड्राइव को ब्यूटेबल कैसे करेंगे आई पेन ड्राइव को तो पेनड्राइव को ब्यूटेबल करने से पहले मैं बता दूं यदि आपके पास लैपटॉप एप्पल का है या एप्पल के लैपटॉप में पूरा करेक्ट हो चुका है तो हम लोग विंडोज से भी इस पेनड्राइव को है वो आई के अंदर ब्यूटेबल कर सकते हैं कैसे है तो चलिए मैं आपको विंडो के अंदर है वो ब्यूटेबल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एप्पल के लैपटॉप के अंदर ही पेनड्राइव को ब्यूटेबल करके दिखाऊंगा तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग विंडोज सिस्टम से ही जो एप्पल का जो आई वर्जन है उसको हम ब्यूटेबल करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और हाँ चैनल चे पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें क्योंकि तो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस तो चलिए बिना टाइम के वी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सिंपली क्या करना है आपको पेन ड्राइव है वो अपने आ, जो लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव है वो इंस्टॉल करना है तो मैंने पेन ड्राइव है वो अपने लैपटॉप के अंदर वो डाल दिया है उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है जो बेलेना तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सिंपली है, वो डाउनलोड करना है डाउनलोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहां से आप सिंपली है, वो डाउनलोड कर सकते हो तो इससे हम लोग क्या कहें पेनड्राइव उसको प्लेस करने वाले हैं तो सिंपली क्या करना है आपको इसको ओपन करना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को बने रहिए बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्कीप ना करें जिससे आपको वो वीडियो के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी और आपका पेनड्राइव वो बुटेबल नहीं होगा तो इसलिए वीडियो को है वो स्टेप बाय स्टेप देगा आप सिंपली आपको क्या करें फ्लेस करना है उस फाइल को सिलेक्ट करना है तो जैसे देखो मैंने हाई है वो सलेक्ट कर रखा है तो इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा यहाँ पे ओपन कर दूंगा ओपन करने के बाद में यहाँ पे कर दूंगा फिर यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना है तो जो मैंने पेनड्राइव डाला हुआ है उसको मैंने टारगेट अब वो सिलेक्ट कर दिया फ्लैश कर दूंगा उसके बाद आपको ये ऑप्शन मांगेगा तो आपको सिंपली ये और ये पेनड्राइव आपका स्टार्ट हो चुका है तो कुछ टाइम लेगा कुछ टाइम के बाद में जैसे ही आपका पेनड्राइव ब्यूटेबल हो जाएगा उसके बाद आपको लैपटॉप पे भी वो चेक कराने वाले हैं तो देखते रहिए स्टेप बाई स्टेप वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन आप पूरा का पूरा वो आई एस ओ को ब्यूटेबल करना सीख जाओगे ये मेरी गारंटी है दोस्तों लगभग ये होने वाला है यहां पे आपको स्किप कर लेना है स्कीप कर दिया मैंने तो आपका पेन ड्राइव वो प्रॉपर ब्यूटेबल हो चुका है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ विंडोज के अंदर है ये फॉर्मेंट का ऑप्शन मांगेगा तो जान रही आपको फॉरमेंट नहीं करना है तो ये मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया अब मैं पेन ड्राइव वो अपना वापस से है वो हट लगा रहा हूँ अपने सी के अंदर तो सिंपली आप देख रहे हो ये फॉर्मेट मांग रहा है आपको फॉरमेंट नहीं करना है क्योंकि ये आई के अंदर है वो ब्यूटेबल हुआ है तो अपने जैसे ही अपने मैप के अंदर इसको ऑप्शन वाले बटन के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो ये पेनड्राइव प्रॉपर है वो रन करेगा तो चलिए अब मैकबुक पे चलते हैं और आपको पेनड्राइव लगा के दिखाते हैं तो दोस्तों ये जो पेनड्राइव है वो आईएसओ के लिए वो ब्यूटेबल हो चुका है तो सिंपली अपने जो विंडोज के सिस्टम यूज़ करते हैं उनके लिए जैसे विंडो टेन विंडो सेवन वैसे सिस्टम होता है इनके लिए भी वैसे सिस्टम होता है हाई सिरा महावे सिरा ऐसे वर्जन होते हैं इनके भी तब ये पेनड्राइव है वो ब्यूटेबल हो चुका है आईएसओ के अंदर अब सिंपली आपको क्या करना है अपने लैपटॉप के जेक के अंदर है वो अपने पेनड्राइव के वो इंस्टॉल है वो कर देना है अब सिंपली पावर ऑन का बटन ऑन करना है और जैसे ही ऑन करो तो ऑप्शन वाला बटन है वो दबा के रखना है ध्यान रखिए ऑप्शन वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा इसको आपको प्रेस करके रखना है तो दोस्तों ऑप्शन वाले बटन से दबाओगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपके सामने कुछ ऐसा है वो ऑप्शन आ जाएगा तो ये देखिए वो ब्यूटेबल हो चुका है और कभी कभी वो लैपटॉप के अंदर ऑप्शन बटन के साथ में आपको कमांड बटन भी दबाना पड़ता है वो डिपेंड करता है आपके मॉडल पे तो दोनों बटन भी दबाने पड़ सकते हैं ऑप्शन वाला भी बटन दबाना पड़ सकता है तो आपको सिंपली आप क्या करना है अपना पेन ड्राइव डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा हूँ आपको आपको सिंपली क्या करना है अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे वो क्लिक करना है उसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका जो लैपटॉप के अंदर जो आई एस सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली आप इस तरीके से वो अपने लैपटॉप के अंदर है वो हाइएसट जो सॉफ्टवेयर uh, वो इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली इजी तरीके से फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखे आपका जो भी कोई दिक्कत होगी तो वो उसको मैं आपको कोशिश करूँगा कि मेरे लेवल पे उसको सोल्यूशन करने की तो सिंपली आप इस तरीके से वो इंस्टॉल कर सकते हो तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना तरीके से वो इंस्टॉल कर लेना है लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम आपके जो यूटिलिटी डिस्क है या आपने जो एसएसडी इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो सिस्टम है वो एक बार आपको फॉर्मेंट जरूर कर लेना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखना है उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं है एकदम इजी तरीके से आप वो इंस्टॉल कर सकते हो जैसे आपने विंडोज़ किया है तो इसको भी आप ईजी वो इंस्टॉल कर सकते हो